मैं उड़ चला मैंने देखा निया सुना सुना बंदिशों में है ये जहा मैं उड़ चला मेरा घर लडू ने मैं कहाँ मैं कहा अंधेरा भी लगी नया मैं उड़ चला सुनाई सुना सुनना चाहे तभी बनाता मैं गाने ताकि लोग गुनगुनाए क्या है सही और क्या है गलत इन बातों पे अलग सब की, सोच मैं कहा को चला कैसे तुम या बहुत मैं उड़ चला मैंने देखा नहीं आसमान आसमा। कहा, कहा। अंधेरा भी लगी नया मैं उड़ चला मैंने देखा सुना आसमान बंद में है ये जहाँ मैं उड़ चला मेरा घर है, है। बातें हैं सभी से भी ना मेरे मुझे कोई, कोई। जिसे जिंदगी बता दू बता दू मैं जिंदगी खफा हूँ खफा हूं। नहीं बातें